आप लोग ये सोच रहे हो की भाई जोगिंदर आज कल वीडियो क्यों नहीं बना रहे तो और कुछ नहीं लेकिन मैं ये जरूर सोचता कि कर छोड़ तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती तो हूँ फेसबुक पेज में थोड़ी दिक्कत हो रखी है जिसकी वजह से दोस्तों इसकी छाती ऐसी